वट टू वेर टू अ जॉब इंटरव्यू दोस्तों जब कभी भी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाएँ तो आपकी जो ड्रेस का सिलेक्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए इन कपड़ों को प्रोफेशनल अटायर और बिजनेस अटायर भी बोला जाता है जब कभी भी आप शादी समारोह में जाते हैं किसी फंक्शन में जाते हैं तो आप हमेशा डिसाइड करते हैं कि आपको कपड़े क्या पहनने वैसे ही आपको जॉब इंटरव्यू के लिए भी करना है ताकि आपकी सलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए बात करते हैं वोमेन के कपड़ों के बारे में और ड्रेसअप किस तरीके से होना चाहिए आपके जो हेयर है वो प्रॉपरली स्टाइल्ड हेयर और हेयर कटिंग हो प्रॉपर मस्ट बी क्लीन एंड टाइड एंड वेल प्रजेंटेड यानी कि वो ठीक ढंग से बंधे हुए हो वो क्लीन हो और, और वेल प्रजेंटेड हो दिखने में अच्छे दिखे ऐसा आपको अपने हेयर स्टाइल को रखना है ब्लाउज़ जो है आपका वेल कोर्डिनेटेड यानी कि आपके सूट से उसका कलर मैचिंग हो सूट जो है आप ग्रे खाकी नेवी ब्लू या ब्लैक कलर का पहन सकते हैं अगर आप इस्कर्ट पहनने वाले हैं तो वो नी लेंथ हो नहीं तो आप पैंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपके जो शूज़ हैं वो वेल पॉलिश हो और वो सूट से मैचिंग हो आपके कपड़े क्लीन एंड आयरन हो प्रॉपर तरीके से वो धुले हुए होने चाहिए और उन पर प्रेस किया हुआ होना चाहिए अब बात करते हैं मैन की properly hair cutting होना चाहिए face जो है well groomed हो hair must be clean and tidy and well presented यानी कि बाल जो है वो ठीक ढंग से बने हुए हों और वो दिखने में अच्छे दिखते हों shirt long sleeve का इस्तेमाल करना है जो कि आपके suit से matching करता हुआ हो solid color suit आप पहन सकते हैं जैसे कि grey खाकी नेवी ब्लू ब्लैक आपका जो सूट है वो प्रॉपर्ली आयरन किया हुआ हो धुले में हो टाई एंड बेल्ट जो है सिंपल पैटर्न में इस्तेमाल करनी है आपके शूज़ वेल पॉलिश हो और वो सूट से उनका कलर मैच करता हुआ हो तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जॉब रिलेटेड इंटरव्यू प्रिपरेशन के वीडियोज़ आपको और भी आगे देखने को मिलेंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए शेयर जरूर कीजिए कोई भी सवाल आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग एके बी इनफर्ट यूट्यूब चैनल थैंक यू सो मच